तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता उमितर लोग अच्छा आगे ही बढ़ने वाला है मुझे पता है मैंने पिछले एक दिन से कोई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड नहीं दिया इसलिए गाइस दिल से सॉरी बोल रहा हूँ प्लीज़ माफ़ कर देना देखो कुछ प्रॉब्लम हो गया था किसी कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं कल वीडियो अपलोड नहीं दे पाया पर कोई बात नहीं आज का वीडियो कुछ बहुत स्पेशल होने वाला है इसलिए आज का वीडियो पूरा वॉच करो और इन तक वॉच करो क्योंकि आज का जो मैंने कॉन्फ्यूफिल आपको देने वाला हो ना इसमें आपको एट्टी परसेंट ड्राक मिल जाएगा मतलब कि इसमें आपको 80% परसेंट मिल जाएगा आप कैसे भी ड्रग करो पीछे करो सामने करो अब कहाँ पर भी, भी ड्रग करो सीधा जाके बुलेट का हेड पे जाके लगेगा और इसमें इंदुल भी है मतलब इस फीचर इस क्वालिफाइड आपको इंदुल पे मिल जाएगा इंदुल से क्या होता है कि आपका हेडशॉट पहले से भी दो गुना बढ़ जाता है मतलब कि ऐसे ही ड्रग हेड हुआ और ऊपर से इंदुल इसके कारण आपका हेड ज़्यादा बढ़ जाएगा मुझे पता है मैं कोई लाइफ प्रूफ नहीं दिखा रहा हूँ देखोगा इस लाइफ प्रूफ का मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए मैंने लाइव प्रूफ वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया इसलिए इस दिल से माफ़ करना एक और बार सॉरी बोल रहा रो बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है कुछ दिन वीडियो बनाने के और भी कुछ 11 12 दिन ऐसा प्रॉब्लम होगा ज्यादा कुछ नहीं मैं कह ही देता हूँ मेरा जो दादी माँ होते हैं ना कल ही गुजर गए इसलिए बहुत ही वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है इसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ तो चलो आपको अपलाई प्रोसेस भी दिखा देता हूँ और हाँ अप्लाई प्रोसेस दिखाने से पहले आपका छोटा सा एक डाउट क्लियर कर देता हूँ बहुत सारे बंदे एक ही कमेंट करते हैं क्या ये मेन आई के लिए हाँ गाइस मैं बोल बोल के मैं थक गया हूँ मैं जो कॉन्फिक आपको दूंगा सारे मेन आईडी के लिए होने वाले है तो गाइस ये तो मेन आईडी के लिए है इसलिए आप पूरा वीडियो वॉच करो और पासवर्ड आपको वीडियो में मिल जाएगा इसलिए ध्यान से वीडियो देखना तो चलिए ज़्यादा कुछ नहीं मैं आपको अप्लाई प्रोसेस आप दिखा देता हूँ तो देखो गाइस अपलाई करने का कर कुछ नहीं करना सबसे पहले ये जो फाइल है इसको एक्सप्लोर कर लेना पासवर्ड आपको वीडियो में मिल जाएगा तो गलती से किसी और भी क्लिक कर दिया देखो इसके अंदर एंड्रॉइड है इसके अंदर कॉन्फिक्यूर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ तो आपको सिम्पली बैक चले जाना है सिंपली से बैक चले जाइए तो अभी बैक जा रहा हूँ रुको रुको दो रुको बैक हाँ चलो बैक जाता हूँ ये जो एंड्राइड है इसको आपको लॉन्ग प्रेस करके कट या फिर कॉपी कर लेना है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फिर आपको सिम्पली सिंपली डिवाइस मेमोरी पे चले जाना है डिवाइस मेमोरी पर जाने का तो एंड्रॉइड पर चले जाए फिर डेटा पे चले जाए अभी आप जो खेलते हो तो जो मैं जो मैक्स खेलता हूँ मैक्स पर क्लिक कर देता हूँ फिर आपको फाइल्स पर क्लिक करना है। फिर कंपल्स आई के अंदर एंड्रॉड यहाँ पर आपको सिंपली पेस्ट कर देना है इस एंड्रॉयड पर जाकर आपको पेस्ट करना है बस आपका काम ख़त्म